ध्यान दें इस चैनल में एरोप्लेन के सिस्टम और ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत से वीडियो आपको मिलेंगे इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इकाश डिस्प्लेकाश डिस्प्ले का पूरा नाम इंजन इंडिकेशन एंड क्रू अलर्टिंग सिस्टम है कास्ट डिस्प्ले नॉर्मली शोज ऑन द अपर सेंटर डिस्प्ले यूनिट इट कैन ऑल्सो शो ऑन द लोअर सेंटर डी यू और द इनबोर्ड डी यूज इकास्ट डिस्प्ले यह सभी इंफॉर्मेशन को शो करता है इंजन प्रेशर रेशियो ई पी रोटर स्पीड exhaust gas temperature egt total air temperature tat thrust mode selected temperature for derate ecs duct pressure cabin altitude and rate of change landing altitude cabin differential pressure crew alert messages alert status in flight start information landing gear position flaps led position total fuel quantity LBS बी एस और के फ्यूल टेम्परेचर अब हम बात करेंगे क्रू अलर्टिंग के बारे में द क्रू एलर्टिंग पोर्सन ऑफ द इकास मॉनिटर्स एरोप्लेन सिस्टम इफ एफ अकर्स इकाश सोस अक्रू एलर्टिंग मैसेज on the upper center display unit in addition to the messages some crew alerts have oral tones on and the master warning or caution lights come on ikas crew alerting messages go 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जो इस प्रकार हैं वार्निंग्स कासन एडवाइसरी कम्युनिकेशन मेमोज दीज मैसेजेस शो ऑन द डिस्प्ले इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस एंड अक्रेंस Warning मैसेज सो so in red color at the top of the मैसेज field and caution मैसेज सो in amber color blue warning messages इसी प्रकार advisory मैसेज सो so in amber color blue caution messages एडवाइजरीज आर इन्टेड वन स्पेस कम्युनिकेशन मैसेज और मेमोज मैसेज व्हाइट कलर में शो होते हैं ईच कम्युनिकेशन मैसेज शोज बिफोर एप लेट अब बात करेंगे इन सब मैसेज के टोन के बारे में सभी मैसेज अलग अलग तरह के साउंड से अलर्ट करते हैं जो इस प्रकार हैं वेरियस साउंड्स कम ऑन विद वार्निंग एंड कासन लेवल अलर्ट्स वार्निंग साउंड कैन बी अ बेल अ वॉइस और अ साइरन all caution sound are a beper that sounds for four times in one second and stop some communication messages have a chime all sounds stop automatically when the alert condition stop the master warning or caution lights come on For a warning or caution alert, the lights remain on for the time of the warning or caution. Push either switch or light to turn off and reset both lights for future alerts. दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें क्योंकि इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है आप सब ने वीडियो पूरी देखी है इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर पल शुभ हो